उट मेन कहीं रोक ले बिस्मिल्ल रिम्स असल आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो और मैं आपको दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं हूँ ख़वानों जरात शो आप पसंद कर रहे हैं मैसेज करते हैं और आज जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबाएँ एक ज़माना था जब बाप दिन रात मजदूरी करके मेहनत करके शाम को घर आके अपने बच्चों के साथ टाइम पास किया करता था खेला करता था एक दो घंटे बच्चों के साथ बैठ के गपशप हुआ करती थी वो ज़माना कहाँ गया ऐसे कुछ घर आज भी हैं बिल्कुल हैं लेकिन पता नहीं कहाँ है ज़माना बदल चुका है वक्त तब्दील हो गया है टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है और बच्चों के अपने अपने जो हैं वो मसरूफियात निकल आई हैं बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा फैसेटेट कर दिया है अच्छा जी इसी तरह की एक फैमिली है एक मिस्टर एंड मिसेज हैं उनकी एक बेटी है और उनसे ज़रा पूछते हैं और मुझे पता चला कि जी वो घर में टाइम नहीं दे पाते बहुत बिजी रहते हैं और किस तरह बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं क्या काम करते हैं उन्हीं से पूछते हैं आपकी भरपूर तारीम में तशरीफ लाते हैं मिस्टर एंड मिसेज शमी ठीक है ठीक है ठीक है आप बबली को बुलाओ रूबी को बुलाओ रही कोई इंग्लिश फिल्म नहीं लाई मैं नहीं नहीं नहीं मूवी नहीं वेख रहा की कह रहे हो मेरी मिसिज गल करी सी अच्छा अच्छा ऊ होना आदत बस फाइज़र रास्ते में हूँ जानी रास्ते में हूँ प्लीज प्लीज, प्लीज वेट करना। मैं किसी पार्टी एक्सक्यूज मी आप शो पे आए कैमरे चल रहे थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर रहे हैं सॉरी मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बिजी है थोड़ी देर के लिए आप ये बंद करके मुझे दे देंगे नो नो नो नो फायजा ने मुझे बहुत मजे के व्हाट्सऐप करने होते हैं कम क्या हो गया रेमबो के शो में अच्छा मिस्टर मिसेस शमीम मैं आपको वेलकम करता हूं जी हूँ March, आपकी वजह से आफ्टर मंथ्स uh, मैंने अपने को देखा दो साल बाद दफ़ा तो मेरी सात साल मुड़ा होया फोन किया मुल्क से बाहर रहते है घर में रहते हैं बाहर भी जा रहा है लेकिन दो साल आप एक ही मुल्क में रह के एक ही घर में रहके मिलते नहीं आप on, क्या मॉल बात अभी रात को हम लोग एक ही रूम में अपने बैठे बैठे तो मैंने आपको व्हाट्सएप करके नहीं हाय हबी की बात कर रहे हैं यकीन करें कि एक ब्लैंकेट में होते हैं हम तीन तीन घंटे एक दूसरे से बात नहीं कर व्हाट्सएप किया मैंने रात को आपको घर में भी एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात करो ये ये टेक्नोलॉजी किस लिए है Yes. मैं अगर वॉशरूम में पांच मिनट लेट हो जाऊं तो ये बाहर से व्हाट्सएप कर देती है कि प्लीज मैंने भी जाना है आप बाहर आए तो मैं अंदर से व्हाट्सएप देख ले तो मैं निकल आता हूँ अच्छा। मतलब ये टेक्नोलॉजी इसलिए है आप यूज नहीं करते तो मतलब आज मुझे पता लगा आपकी आवाज बहुत प्यारी है बहुत अर बात सुनी ना आ, तो यूर पहले कुत्ता ही नहीं सुनते आवाज भी ना सेम की अच्छा तो आप क्या करते हैं ओ मेरी जान बिजनेस वसीयत है वो अच्छा जी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं हाँ? आज हजे परसों मेनू डोनाल्ड ट्रंप दी कॉल आई है, है? हां उन्होंने कहा यार मैं हूं सदर तेरा ही नहीं अपने हाँ? कारोबार में 5 ही पैसे दी पत्ती मेरी भी पाला अच्छा तू फिर नाल थोड़ा दूध भी पाया होने किसी <laughs> होने की बात कर मैं को चाय लेने दा बच्चा दे कौन गरीब आदमी अभी परसों मेरी मिलानिया से बात हुई उसने कहा मुझे ज्वाइन करो मेरी किटी पार्टीज में आओ ये किटी पार्टी में होती मैं फल पार्टी अच्छा अच्छा क्यों अच्छा क्यों हमें यहां क्यों बुलाया इन काम सारे कुल नहीं आपको इसलिए बुलाया आप تشریف رکھیں اپ سے بات کرتے ہیں تھوڑا شو میں گپ شپ کریں گے سوری یہ ڈسٹ وغیرہ صاف کروایا بالکل صاف ہے جی اپ ائے تشریف رکھیں سینیٹائزڈ ہے نا اپ کا اسٹوڈیو سب کچھ یقین نہیں ا رہا سویٹر ਤੁਸੀਂ تو آیا نہیں ہے کنے سینیٹائز کرایا ہوگا ਤੁਸੀਂ سوسی منہ تو آیا ہے میرا مطلب نہیں ہے کم اون اچھا مصروفیت ہی ایسی ہے نہیں منہ تو ہوندا ٹائم ملتا बैठे बैठे मेरे मेरे तो को तो तो दिन टाइम टाइम नहीं ना ना मिलता यकीन करो ये कल <laughs> शुक्रिया जी चलो आज मेरे शो की वजह से आप मिले तो सही ना। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया हाभी आप के मैंने आज आपको देखा आपका पेट थोड़ा बाहर आ रहा है तो घर ऐसी खाए नही कभी अच्छा जी आप बुलाते हैं, मिस्टर और मिस्टर शमीम के एक मुलाजिम को, को बुला रहे आपके सबसे पुराने मुलाजिम को तो? जुआ करता आ, आ, तो है घरेलू मुलाजिम हां जी मैं ठीक ठाक तो रेमबो बिनु तो किसी ने कह दी रेमबो पैगे ते तो नुसतिया जा तो जाना पना ते मैं तो बहुत जरूरी काम करने तनु तो पता माल कने काम कर देया हां जी तो माल सान बेले रहन ने निर्देश ओ एक कार ते मिला जमा सीनियर सा 60 साल तो अच्छा जी इन, इन, इन इस घर के मुलाजम हां जी ए मेरे मालिक ही ने हां हमें भी कचे कचे देखना ओही लगता अच्छा मेरी, मैं मेरी पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ लेकिन बेगम आप मिलती तो नहीं है ना ट्रांसफर ही करती है ना तो रहे बहुत सही कह हैं ना, नहीं ना आप, आप घर में होती है आ, नहीं किसी में, में आप घर में होते हैं नहीं नहीं तो जी कह में। रहे हैं हैं ना कि इन्होंने आपको पहचाना नहीं कभी कभी तो तो देखते हैं। आ, आ, आ, सी। ये हमारी तो का पहचान है अपनी तेरे हवाले की पुत्र की पुत्र थी माशाल्लाह एक बेटी को भी घर में नहीं देखते तस्वीर लगी <laughs> मतलब भी मैं पालन जना पल पुल गई है चंगी भली है बेहतरीन है मैं तस्वीर उन्न दीजिए अच्छा एक मिनट एक मिनट ये आपके पास कब से है इनकी बेटी इन बेटी जी जी इन्होंने सिर्फ पैदा की थी है जी हाँ जी पहली में ही है ये तो बहुत ने मैं डॉक्टर आपे रही करते होंगे जी जी इतना ही कर रहा हूं आप तो कैसे है आप ठीक जगहते हैं <laughs> बड़ी गल है बड़ी अच्छा जी अब तरीफ तो लाते हैं जी इनकी बेटी तेरी को चोरी गई बाकी मोरनी को चोर ले गई बाकी जो, जो, बच्चा जो, बच्चा जो बच्चा था काले चोर ला दा, दा, दा, दा। ए तो सड़क आला रूला कि बची है जनाब तुझे तो घर होंगे नहीं पढ़ती नहीं सी मैं बड़ी मुश्किल पाली हां जी मै ठीक हूँ बेटा कि तो एना खोते तो मैंने आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाए आपकी फीलिंग मुझे नहीं आती, आती। तो बची ने कह दी मैं पठे ल मैं पठे नहीं खान खांडी नहीं मतलब यह कह रहे थे बोरी लदनी है पिछली गली च ला गया हो गए नहीं एक्टिंग की आप नहीं है मंगल वो बात पता क्या जब आप घर में नहीं होते थे तो मेरा घर में दिल नहीं लगता था मैं इसको लाके पिंड चला जाता था पिंड में मेरे घर के साथ ही दरबार है उधर तो मलंगों के साथ सिगरेट भी पीती है और धमाल भी डाल लेती है <laughs> एक, बने एक बने, आप कि इसके साथ इंग्लिश में बात करूं और ये मतलब एक मिनट आप मुझे कमाल करती है वो इंग्लिश में कैसे बात करे इतनी फिक्र थी तो खुद पाला होता मैंने वो इंग्लिश में सिखाई है ना इसको नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए इंग्लिश में सिखाया मैंने इंग्लिश में ग्रैंड मदर दिस इज द हाउस एंड अ स्मॉल सेविंग स्मॉल सेविंग एंड ब्लैक मैन हां जी मैं तोड़ा स्टूड्यूरे विच आ रहा हां ते बाहर खलो देसन मैं नहीं पूछानिया के मेरी बेटी है मैं, मैं समझा के ए रेचे रेथन जावन वाला हां जी जो आप तो इनानू किजा किआ गल्ला कर दे पने ए बड़े थोटे ये आपके अब्बू ये दादा दादा ओ दादा कदू दीयो लादे ये आपके दादा है बड़े और यही आपके हैं। है है। है, है जो जिसको हमने सेव किया हुआ है। मेरी तस्वीर कार लगी लगी तो क्यों नहीं देख दी? मैं क्या लगी है न, नहीं मैं फोटो ना वो वो मानत लगती। शादी की तस्वीर नहीं नहीं नहीं, नहीं जान के ज्यादा कराई फोटो अच्छा? बची हम सची जो तो नहीं लगना मेरी, मेरी है घर कमरे बदलते रहने साहब जी तुम सफेदी करते हैं पता नहीं लगता कि उस कमरे से तो उस कमरे से तेरी दो, दो महीने तनहा बंद की थी होवे ना तो तेरीएं जुगता बंद हो जाने लगे अब हमारे पैसे काटू नहीं मैं याद रखना अरे बू डड्डू मर गया डड्डू मर गया नहीं तू भी मरे नहीं, नहीं।, नहीं। मेरी ये दिए अब्बू अब्बू सामने बैठा कुत्ते मर गया वो सामने बैठा होकर तो मर गया हेलो शेरपू Listen, मैं आपको तीन लाख यस और, और मैं आपको लाख थोड़ा दे रही है अपना मूह था दूर लगा जो ने दुनिया तो जी एना फिर मेरी बेगा अनु so, का तो मको कट के रखो अभी भी कितनी पार्टी की पड़ी है और बच्ची की फिक्र नहीं है तो बना देता आ, था, तो था। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे ये जो आप दिन रात कमा रहे हैं शमीम साहब जी जी एक मिनट मेरी बात सुन एक रिप्लाई तू करने दो او خدا دا واسطہ تو تے مینوں صاف ریپلائی کر دینی اے جی کام آن یار অলریڈی آئی ایم لیٹ دے ار ویٹنگ فار می بڑے ابو ہاں جی میرے ساگ والا پراٹھا کھانے تو نے اس سے ساگ والے پراٹھے پہ لگا دی اے اس لیے تو تے ویٹ بڑھ گیا مینوں شرم نہیں ہے اور انیں مجھے جا اللہ او نو چپلیاں میں کھاتیاں اس کو میں تے میں تے نال پراٹھا دینا ورنا او تے گدیاں نو ساگ لا کے کھا گئی मैं फिर पराठे लाते भी लगी हो मैं स्नैक्स स्नैक्स, पेंडू ये इसे निकालो फारक करो मैं निकाल नहीं? नहीं। दूंगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको फारे टाइम मिलेगा मतलब आपको अपनी ये पार्टी ज्यादा अजीज है न अपनी बच्ची का मुस्तबिल अजीज वाई लगा दिया ले 24 घंटे हाँ। हर कमरे में बड़ी लगा दी सारी ना क्या मैं? मैं बच्चे लोग सच्ची दे ने दे कमरे ने करो। मुझे बच्ची की उन्होंने कि आपकी बच्ची की इस महीने की परफॉर्मेंस में एक चीज है डरला को भी सिखा डरला भाग लगे अच्छा आप जो है ना शिकायत नहीं कर सकती आपने तो टाइम ही नहीं दिया अब आप कह रही हैं बच्ची ये क्यों बोल रही है बच्ची ये क्यों खेल रही है बच्ची ऐसे क्यों बोल रही है अब मुझे ये बताएं कि बच्ची स्कूल जाती है आप लेके जाते हैं मैं स्कूल लेके जाता हूं हूँ ले लेके आते हो तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर को लेके मैं कल मैं लेके गया एक लाख चार बुखार थी 104 hota hai acha acha main ke shayad sahab ne shayad 1 lakh 4 hove par oh sifre nahi na pure pade gaye acha aap fir mainu ke ji 1/2 kilo disprin deyo inu atta hain ha ji paiya capsule ek 10 ki shreegupati naal kanni te glucose di nayab lagni hai isre meri bacchi itni bimar thi tu mujhe mail karde the मैंने मेल की आपको फीमेल की उसने आपको तो बताया नहीं था बच्ची की बच्ची की तबीयत कैसी है बच्ची स्कूल जा रही है नहीं जा रही सारी ड्यूटी ये देते हैं अच्छा मुझे तनख्वाह नहीं दे दी टी पीटीएम में कौन जाता है पेरेंट्स पेरेंट्स मीटिंग में कौन जाता है तनखा हल्ला एक बार बच्ची का बुखार बहुत ही तेज रह हो गया जी मैंने पता लगे किसी घर पार्टी गए ने बेगम बार मैं मैं तो एक एक डांस करने और जो है है है सारे मेरा ध्यान नहीं बड़े ये इसको लेके आ गया मैंने सबके रही थी यूनो मिस्टर आबित छक्का मारिया हाथ कर मैं भी है। मुझे मैंने लड़की मारा करके कर मार मार no तो तो मैं बच्चिया ने मारिया टिको प्रॉब्लम मैं मम्मी एजी बोली मैं बड़े अब दसिया मैं ऐदा करके हो मेन कुछा मारिया ना टूटा भी मारिया मैं बड़े अब कह टीचर करना था अखरा के बाद इस बात में वो बच्ची को स्कूल से निकाल रहे थे हमने <laughs> नहीं कि लगी जाके टीचर अरे सट लगी। आपको ये आप अपनी पार्टी छोड़े आप टाइम दे अपनी बेटी को ठीक हो जाएगी अभी क्या छह सात साल की है नो डाउट अभी आप परवरिश करें इसकी अभी बच्चे जानवर से भी हो बे सोहने लगे पोते का बच्चा छोटा जहा हो बच्चा मतलब तो सोना लगता है इंसान का बच्चा तो तो तो जजबात नाम की कोई चीज नहीं आज तुम्हारी हरकतों ने मेरी बेटी को ओवर कर दिया मुझे पंद्रह दोनों ऐसे करके दिखाओ ये करके दिखा मामा पापा ये डेडा और मम्मी करके नहीं दिखाया मैंने अपने बड़े अब कहा बंद रोकी तरह टूसिया लगा बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है तो अब वो जो करो यार जान दे है खुदा खौफ या। आप देखे इतने पैसे लेके कहा जाने हैं एक आपकी बेटी है सारा दिन आप बाहर काम करते हैं सारी रात ये घर से बाहर रहती है किसके लिए कमा रहे हैं असी हाँ के लिए आप क्या करती है अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हो पिछले महीने में दो करोड़ रुपए का मक्खन स्टा के दिता 20 20 आप तो ते <laughs> पेंग अच्छा। आपके पैसों की जरूरत नहीं है ਆ ਜਲੇਪੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਚਰਬੀ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ 25 ਪਾਲ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾੜਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਝੁੱਪ ਜਾਂਦੀ। ਯਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ दुनिया तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है और, और इस बंदे की मिसालें आज भी कुकड़ी बच्चे, बच्चे, बच्चे। और मेरी चांद पर चान पर चांद पार्टी रखने लगी ये। है। अगले पे। <laughs> मून, मून, नहीं है मरीख है बेटा तो ब्रेकफास बस एक पीस लिया कर हल्का जहा मखन ला के तू सवे तूड़ी दाणा खाल बनौला पा तू नाश्ता करा मां की तरह मोहब्बत की थी है जनाबा गिरी जगह पा रहा सुधी मैं आप प <laughs> गिल्ली गिल्ली जगह जगह पे पे पे मैं मैं मैं आप सोते थे जगह पे मैं सुखी सोता अदी रात में अख खोल फीडर भर के मरतर भर के मैंने अख खोल दी मेरी नींद खराब हो जाती है अख खुल जा नींद नहीं आच्छा अठ अठ दिन जाकेचरी ना वेखा कर अपनी बच्ची पे नजर रखने के लिए अगर हम लोग दो महीने भी घर में आते घर में और कैमरे भी जितने इन्होंने तो मुझे ये कहा कि जो घर की फिल्म बनी है इसमें चार गाने पाके रिलीज कर दी <laughs> <laughs> <थी थी। laughs> झूला झूल रही होती ये झूला झूल रही थी रहे बची को झूला मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जैसे ही पार्टी स्टार्ट हो बच्ची को सुला दो अगर नहीं सोती तो वो सिरप पिला दो खांसी वाला खुद ही सो जाएगी खांसी वाला सिरप ना लेनु नींदर भी नहीं आंदी बेटा इन्नू शायद पिला दे अगर भाई हम्म शायद इन्नू नींद आ जाए हां देख नहीं मैंने कोशिश की है जनाब बच्ची असल में लगती है अपने मां बाप की उड़ीक में कि मेरे बाप मुझे आए, मुझे लेकर घुमाने के लिए ले जाए मुझे बाहर पी तो तो तो दो पीघे तोड़ के आ गए झूंन लग पे झूठे बीस पच्चीस लोग बैठते हैं उसमें अकेली बैठी हो जमीन पे जा के उन्होंने छोटे-छोटे पौधे लाएं सिंचन करी थी मेहमान गाज की था यकीन करो सारे पौधे खा गई होना जब भी कोई बात बताएं जब से आपकी ये प्रोग्राम में आए हैं मेरे बड़े अब ने मेरी कोई बुराई की है नहीं नहीं की ना नहीं। बहुत बच्छी बच्छी। रोटी मेन पाले ना अग... नहीं ये, ये ऐसे बोलती है उसमें सारा आपका कसूर है आप टाइम देते तो बच्चे की ये तरफी घर के अंदर वाई फाई है मोबाइल ऑन करो यूट्यूब लगाओ और वहाँ पे सर्च करो की बच्चे को कैसे पाला जाता है उसको आपकी बेटी का है मतलब पढ़ने में दिल नहीं लगता था मैंने आपको फोन किया जब हम मतलब इस, कौड़े पानी के साथ में लोग खा रहे थे <laughs> <laughs> पानी नहीं तो उसको बोलते हैं कावा हाँ। हाँ। हाँ। चागला कावा पी रहे बेटा वैसे भी डेढ़ साल बाद निकलने वाली है बच्ची क्या करेगी जी वो मुझे समझती है और रैम्बो साहब असल में आप बात सची समझे ना इंसानियत के तौर पर सोचे तो मुझे भी ये अपनी औलादे बढ़कर लगने लगा शुरू हो गए मेरे ابو मैंने इतनी इसके साथ तो भी यार भी मेरा भी दिल करता है इन्नू सीने नाल लावा इन्नू चुका मैं एक दिन चुक्या यकीन करो 1.5 फुट मैं जमीन पे चला गई ले बस मैं भी वहां पे 1.5 लाख महीने की फीस पे कर रही हूं ताकि वहां पे बच्ची सीखे 2 1 से 2 2 से 4 2 से 6 जब भी कराती 2 1 हम 2 2 2 4 क्रिकेटर है इंडिया का किया ना मुझे धोनी धोनी उसको देख के इसने सीखा 1 2 2 2 2 चूमा मैं, मैं, मैं, मैं एक दिन चुमन धी ने मूह के कोल कर दी like समझिए भूख मारा तो होगा <laughs> अभी घर ले के इसे जाओ मैं मंथ मंथ बात करती हूं और इस बारे में सोचूंगी भी। सिक्स हाँ। तो टाइम लेके रोक लेती है छह महीने के अंदर अंदर निकालूंगी ठीक है बीबी जिस मां प्यो देरीब नौकर तक भी मोहब्बत रखनी है मेनू कस नची गलो साहब रोटी देने वाला रब सोने आप किया की फिक्र नहीं है मैन इस बची का प्यारण देना बच्चा वागू पाल ने ने ने का कर बोला, दिल में तो लगता है मामता नाम की कुछ तो चीज कमिंग दे, मेरे को तलाक ले ला, मरे। मैं, मैं, तीन महीने के बाद लोगों ने जिस औरत के दिल में मामता नहीं है वो कोई औरत है मामता भी नहीं दसता बी मतलब? आप प्यार नहीं करेंगे तो वो कैसे प्यार करें आप मुझे अच्छे से याद है आई रिमेम्बर आई थिंक डेढ़ दो महीने पहले की बात है ये मुझे कॉरिडोर में मिली और मैं गुजरते गुजरते से बेबी कैसी हो दो तो ढाई महीने पहले सिर्फ बच्चे हाँ, हो हाँ, ये तो मैं भी हाथ मारे तो मम्मा थले <laughs> रैम्बो साहब लाड देखी देने इना हाँ। पैसा खर्च करीद सौ करोड़ रुपए का हैलीकॉप्टर लाके दता है।, है इस बेवकूफ ने कहा कमा के कंध मार यकीन करो तबाह कर दे अंकल जी मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल जाऊं छुट्टी होती इनके साथ वापस आऊं इनके साथ मैं बाहर घूमने जाऊं इनसे प्यार करूं ये मुझे प्यार करे ये तो मुझे नजर ही नहीं आते मेरी जब आग खुली तो मैंने बड़े अबू को देखा तो यही मेरे बड़े अब है जप ही ना पाई मेरी सेहत इतनी टाइम दब हाँ? इधर आ नहीं फवे हाँ। कुटने रोवे पार्टिया तू तो। बचारी कभी वाकई टाइम अस इन्हू नहीं दिता सरिया कर जी चले जी बहुत शुक्रिया जी आप सब का आपका भी बहुत शुक्रिया जी आप आए इनको बेटी मिल गई अपने बच्चों को टाइम दें जी बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है जी अगर आप अपने बच्चों को बचपन में टाइम नहीं देंगे तो बड़े होके फिर वो आपको टाइम नहीं देंगे और अभी ये जो मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दी उस पर भी जरा ध्यान करें एक लिमिट तक एक टाइम तक एक हद तक जरूरत के तहत उनको मोबाइल दें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए रब रखा अल्लाह हाफि पुत्र सिर्फ तेरे मुँह मुझे मुझे मुझे मुझे ये ये ये नहीं नहीं ये दे। आप देख रहे हैं जान रेम्बो यूट्यूब चैनल टैन टैन देखते रहिए हा ना